चावल हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा है और इसे दुनिया के हर एक कोने में लोग बड़े चाव से खाते हैं बच्चे बुढ़े जवान हर किसी को चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं आजकल बाज़ार में चावल की बहुत ही वरायटी उपलब्ध है क्या आप जानते हैं कि चावल को उगाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और पानी की जरूरत पड़ती है आपने चावलों के बहुत ही बड़े बड़े खेत तो जरूर देखे होंगे और क्या आपने कभी सोचा कि एक किलो चावल को उगाने के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ती होगी एक स्टडी के मुताबिक एक के चावल उत्पन्न करने के लिए लगभग पच्चीस लीटर पानी की आवश्यकता हो यानी कि जमीन से पच्चीस लीटर पानी एक किलो चावल के लिए जो चावल के पौधे होते हैं छोटे छोटे वो खींच लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि चावलों को पैदा करने के लिए कितने ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और भी मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्रियाँ आने के लिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद